नमस्कारम वंदे मातरम मैं राम पुलिस योगी आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने कुछ विशेष बात से आपको बताने के लिए क्या आप फ्रस्ट्रेशन से परेशान हैं क्या आपको एंजाइटी है क्या आप डिप्रेशन में अपने को जाता हुआ महसूस कर रहे हैं यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है हम आपको आज बताने वाले हैं कि ऐसा योगिक अभ्यास जो आपके अंदर से एंजाइटी को डिप्रेशन को फ्रस्टेशन को और ऐसी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं को दूर करने वाला बात करने वाले हैं हम आपसे सिंह गर्जनासन की जो आपके अंदर से एक नई नवीन ऊर्जा को उत्पन्न करता है और ऐसी समस्याओं को बाहर करता है आप जानेंगे इसके तीन एस्पेक्ट को इसे किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसके करने की सही विधियां क्या है और इसके लाभ कौन कौन से हैं यह अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों को पैर से एंकल से रिलेटेड कोई इशू है या घुटने से रिलेटेड कोई बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है जिनको हाइपर लेवल का अस्थमा की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत सीवियर लेवल की है और तीसरी चीज उन्हें की problem है। अब जानते हैं इसको करने की सही और सटीक विधि क्या है इस अभ्यास को करने के लिए आप पहले बैग की स्थिति को समझ लें, आपको फ्रंट से ही करना है दोनों अंगूठे आपके पास पास में हो हिल्स बाहर की ओर हो और घुटनों में आपके न्यूनतम कमर के बराबर गैप हो इस तरह से आपको बैठना है बैक साइड हो गया अभी आप देखेंगे फ्रंट साइड के विषय में पीछे की स्थिति आप समझ चुके हैं कि दोनों अंगूठे पास पास हैं हील्स बाहर की ओर हैं और सामने की स्थिति में आप हथेलिया इस तरह से रखेंगे और इनको अंगुलिया अपने बॉडी की ओर करते हुए अंगूठा बाहर की ओर अंगूठा आपका हमेशा नी की तरफ हो इस तरह से हथेलियों को प्लेस कर देंगे एंड देन आपको एक बार लंबी गहरी सांस लेना है एंड तेजी से आपको शेर की तरह दहाड़ लगाना है एक बार आप हमें देख लें फिर करें वन टू थ्री गो इसमें जब आप दहाड़ लगाते हैं उसके बाद में आप जुबान को धीरे धीरे अंदर लेंगे एक आंख ना मुंह को बंद करेंगे ना आंखों को और आपको अपने आँखों को भ्रू मध्य पर जहाँ आप चंदन लगाते हैं महिलाएं बिंदी लगाती हैं उस स्थान पर आपको देखना है एक बार पुनः से आप देखें और फिर इस अभ्यास को अपने रूटीन में आप न्यूनतम पाँच बार अधिकतम पंद्रह बार शामिल करें आप देखेंगे ना तो एनजाइटी सेस रहेगी ना डिप्रेशन ना फ्रस्ट्रेशन और साथ ही साथ अभी ठंडक का माहौल है तो आपके अंदर हीट पैदा करने में भी बहुत ही सहायक अभ्यास है आइए एक बार पुणे से देखते हैं लंबी गहरी श्वास अंदर हमारे गो बोलने पर अभ्यास करें वन टू थ्री गो धीरे से आंखों को बंद करें और सहजता से बैठ जाएं। दोनों नी को पास पास कर लें। वज्रासन की स्थिति अपने दोनों हथेलियों को रब करें और गर्दन के फ्रंट साइड पर मसाज दें यहां पर आप चेविंग करते हुए जैसे आप कुछ खा रहे हैं उस तरह से करते हुए मसाज दें ललित अब हम जानते हैं इस अभ्यास के आपको लाभ कौन कौन से हो सकते हैं यह अभ्यास आपके थायराइड से रिलेटेड हाइपोथराइडिंग हाइपरथायराइडि दोनों के लिए रामवाण अभ्यास है हीट उत्पन्न करने का कार्य करता है आपके अंदर हीट जनरेट करता है और आपके जितने भी फंक्शनल यूनिट हैं चाहे आपका लिवर हो किडनी हो गोल्ड ब्लाडर हो इन सबको सक्रिय बनाने का कार्य करता है और आपके नर्वस सिस्टम में जो बाध्यता आ गई है Thought repetition हो रहा है उसको क्लोज आउट करने का कार्य करता है आपको पूरा शक्ति के साथ में सामर्थ्य के साथ में रिजेनरेट करने का कार्य करता है यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होने वाला है बस कॉन्ट्राइडिकेशन जिन लोगों के लिए बताए गए हैं वो लोग ध्यान रखें इसे ना करें या फिर अपनी क्षमता अनुसार करें जैसे अगर घुटने की समस्या है तो घुटने के नीचे कोई सॉफ्ट कपड़ा रख लें पिंडली की समस्या है तो यहाँ पर आप कोई चीज़ें लगा लें जो आपके सीन बोन को सपोर्ट दे रही हों आपके एंकल जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर ना है शामिल करें इस अभ्यास को अपने अभ्यास में और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों से, से शेयर करना ना भूलें ताकि योगिक ज्ञान को सभी तक सहजता से पहुँचाया जा सके हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार